हैवरी वन मैं मेहन पांडे आप लोगों आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल के सी टेली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे गाइज मेरे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं उसी क्रम में मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने दो वीडियो प्रोवाइड कर रखा आप लोगों को उसी के आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगा उस पिछली वीडियोस में मैंने एमएस ऑफिस पैकेज के बारे में आप लोगों को बताया एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया हम एमएस ऑफिस सूट को ओपन कैसे करते हैं उसके अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको हम कैसे ओपन करते हैं उनका यूज़ क्या है किस जगह पर उनका आपको उपयोग करना है वो आपके लिए किस तरह से उपयोगी है मैंने सारा कुछ वीडियो में बताया हुआ है तो जिसने भी मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेगा बिकॉज आपको एमएस ऑफिस का कंप्लीट नॉलेज लेने में वो वीडियो आपको खासा मदद करेगा आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जो कंटेंट आता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज मैं एमएस वर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आज फर्स्ट डे की क्लास होगी जिसमें मैं एम एस को बेसिक लेवल से बताऊँगा पिछली वीडियो मैंने पार्ट ऑफ विंडो बता रखा आप लोगों को जिसने भी ना देखा हो उस वीडियो को जरूर देख लेगा आज मैं बेसिक लेवल से एमएस वर्ड की को स्टार्ट करूंगा और स्टेप बाय स्टेप कई सारी वीडियोस में मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दूंगा इसी तरीके से एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले सभी कंटेंट्स की मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप प्री कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्सेस प्राप्त हो पाएं तथा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वेल well आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेन विंडो पर हम आ चुके हैं और हम चलते हैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं इसे विंडो बटन भी कहा जाता है आपके सामने ये पॉपअप ओपन होकर के आ गया है जहाँ हम एलिवेटर की मदद से नीचे जाते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूं एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले जो प्रत्येक कंटेंट है मीन्स प्रत्येक एप्लीकेशन है उनको हम कैसे ओपन करते हैं उनका पार्ट ऑफ विंडो क्या है फाइल नेम फाइल एक्सटेंशन क्या है वो सारा डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है एम एस तो हम यहाँ से एम एस को ओपन करते हैं और आप देख पाएंगे कि एम एस का जो फर्स्ट लुक है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा एम एस का स्टार्टिंग विंडो आपके सामने आ चुका है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सारे टैबलेट्स अवेलेबल हैं यदि आपको किसी किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो आप जैसे लेटर पे काम करना है या कोई रिपोर्ट्स तैयार करनी है फैक्स वगैरह बनाना है तो आप यहाँ टैबलेट्स के माध्यम से यदि उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं रिज्यूमे वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं लेकिन यदि आपको सारे स्टेप्स को क्लियर करना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़नी हैं समझनी है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाते हैं और यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं अब आप देख पाएंगे कि हम एम एस के मेन विंडो पर आ चुके हैं तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ़ विंडो जानेंगे हालांकि पिछली वीडियो एम एस वर्ल्ड का पार्ट ऑफ विंडो मैंने बहुत ही क्लियरली और डीपली बताया हुआ है तो जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी वो जरूर देख लें तो चलिए पार्ट ऑफ विंडो देख लेते हैं सबसे ऊपर टाइटल बार है टाइटल बार पे आपके लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी एप्लीकेशन ओपन होता है उसका आइकन शो करता है और इस आइकन पर क्लिक करने के बाद एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आती है जिसे हम कंट्रोल मेनू बॉक्स कहते हैं कंट्रोल मेनू बॉक्स के माध्यम से हम की के द्वारा अपने एप्लीकेशन पर कमांड कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं कुछ आइकन या दिख रहे हैं जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं जिसकी पोजिशनिंग एग्जैक्ट पोजिशनिंग जो होती है एबव द रिबन एंड विलो द रिबन सो अभी यहाँ एब द रिबन मीन्स आपके टाइटल बार पे शो कर रहा है टाइटल बार में आपका डॉक्यूमेंट का नेम आता है जिस नाम से अपनी फाइल को आप सुरक्षित करते हैं वो नेम यहाँ सो करता है या जो टाइटल होता है आपके फाइल का वो सो करता है तथा तो आपके एप्लीकेशन का नाम आता है और राइट कार्नर पे कंट्रोल टूल्स होते हैं तो इस तरह से हम टाइटल बार की पहचान कर सकते हैं आप नीचे देख पा रहे हैं मैन्यू बार मैन्यू ऑप्शंस किसी भी एप्लीकेशन के वो ऑप्शन होते हैं जिनका यदि आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया तो उस एप्लीकेशन को आपने कम्प्लीटली समझ लिया और उसका आपको पूरा ज्ञान हो जाता है सो so, ये आपका है मेनूवार किसी भी मेनू को क्लिक करते हैं किसी भी मेनू पर हम जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो रिबन में शो करते हैं रिबन आप देख पा रहे हैं कई पार्ट में डिवाइड है जिसे हम टैप कहते हैं क्लिपबोर्ड टैप तो क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो क्लिपबोर्ड टाइप में दिख रहे हैं फॉन्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन हैं वो फॉन्ट में दिख रहे हैं इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन को टैब के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया हुआ है देखा आपने सबसे ऊपर टाइटल बार मैन्यू बार एंड रिबन रिबन के जस्ट नीचे आपका होता है रूलर रूलर में ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है जो कि मार्जिन वगैरह का शो करता है इंडेंस के माध्यम से हम उसकी सेटिंग करते हैं जो कि धीरे धीरे आप लोगों को बताया जाएगा एप्लीकेशन में भी हम पार्ट ऑफ विंडो जान रहे हैं यह है आपका वर्क एरिया कार्य जिसे हम कहते हैं या इसे हम एक्टिव विंडो भी कहते हैं जिस पर हम कार्य करते हैं हम राइट साइड में आते हैं आप देख पा रहे हैं एक पट्टी शो कर रहा है जिसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं स्क्रॉल बार के अंदर एक एलिवेटर होता है जिससे हम अपने पेज को मूवअप एंड मूव डाउन कर लेते हैं और यह है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ आप नीचे देखें तो आपको स्टेटस बार शो कर रहा है यहाँ भी स्क्रॉल बार आ जाता है जब आपके पेज का जूम ज़्यादा होता देखिए हमने जूम बढ़ा दिया और अब हमें काम करना है तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया और इसक्रॉल बार में एलिवेटर आ गया एलिवेटर के माध्यम से हम लेफ्ट राइट हिड पेज को देख सकते हैं तो इस तरह से आपने पार्ट ऑफ विंडो देखा ये हो गया एम वर्ड का पार्ट ऑफ विंडो अब हम जान लेते हैं एम वर्ड का फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड का फाइल नेम होता है वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट क्योंकि एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ फॉर्म है डॉक्यूमेंट का और एक्सटेंशन की आवश्यकता क्यों होती है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें जब हम फाइलों को व्यवस्थित करते हैं फाइलों को सेव करते हैं तो जो फाइल का सेव टाइप होता है उसे हम फाइलें और एक्सटेंशन कहते हैं एक्सटेंशन के माध्यम से कंप्यूटर फाइलों को व्यवस्थित करता है जिससे आपको समय पर वो प्रदान कर पाए जब आप उस फाइल को सर्च करें तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग वो फाइल आपको प्रोवाइड कर सके अब हम चलते हैं ऑप्शन पर और एक एक ऑप्शन को देखते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं Quick access toolbar आपको ऊपर दिख रहा है यदि हम ribbon पर right click करते हैं, तो so सो क्विक मतलब क्विक एक्सेस टूल बार को हम रिबन के ऊपर भी पोजिशन कर सकते हैं तथा रिबन के डाउन में भी पोजिशन करा सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पर डिफॉल्ट तरीके से तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं सेव अंडू एंड रेड्यू यदि हम इसमें ऑप्शंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत हो क्विक एक्सेस टूल बार का मेन यूज़ क्या है क्विक मतलब होता है जल्दी एक्सेस मतलब होता है कार्य और टूल बार जिस पट्टी पर टूल्स प्रेजेंट होते हैं जल्दी कार्य करने के लिए जिस पट्टी पर टूल्स प्रजेंट होते हैं उसी को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं तो हम चलते हैं सबसे पहले फाइल को जानते हैं फाइल के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन को हम देखते हैं फाइल पर क्लिक करेंगे आप देख ड्रापडाउन लिस्ट होती है जिसमें आपके फाइल के ऑप्शन शो करते हैं या थोड़ा सा लुक चेंज है जिसने भी एमएस वर्ड 2007 यूज़ किया होगा या कोई भी पुराना वर्जन यूज़ किया होगा उसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा हालांकि जो भी नए वर्ज़न हैं सो इसी तरीके से आपका इंटरफेस आता है तो सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो इन्फो में आप देख पा रहे हैं इन्फो में सारा इन्फॉर्मेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके डॉक्यूमेंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है मीन्स जो फाइल आपने ओपन कर रखी है या जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो कर रहा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी रिलेटेड डेट्स एंड रिलेटेड पीपुल जिससे जिसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन लेकर के इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसका डिटेल आपको यहां पर शो कर रहा है मीन्स ऑथर का नेम शो कर रहा है और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहां पर शो कर रहा है आप इधर देख पा रहे हैं यहां सबसे फर्स्ट है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड वर्जन मीन्स यहां से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इंस्पेक्शंस कर सकते हैं मतलब निरीक्षण कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का तो यहाँ से वर्जन में जा कर हम यहाँ से वर्जन चेक कर सकते हैं मतलब किस वर्जन का फाइल है उस फाइल को हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं जो अनसेव्ड फाइलें हैं या जो भी अनसे डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं तो ये हो गया इंफॉर्मेशन जस्ट नीचे हम आते हैं न्यू न्यू मतलब होता है नई फाइल अगर हम फाइल मेन्यू पर आ गए हैं तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत तो हम फाइल जोड़ करके हम हर ऑप्शन के साथ बोल सकते हैं तो न्यू फाइल अगर हम यहाँ पर न्यू करेंगे तो एक नई फाइल आ जाएगी और जहाँ से फर्स्ट जो इंटरफेस आया था आपके सामने MS Word को ओपन करने के बाद सेम वही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ से अगर हमें कोई टैंपलेट्स चाहिए टैंपलेट्स ले लेते हैं नहीं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले करके आ जाते हैं आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से ओपन है यदि कोई भी सेव्ड फाइल है तो उस फाइल को यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है सेव सेब के द्वारा हम अपनी फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं मीन्स सेव कर सकते हैं सेव पर क्लिक करते ही आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको नाम देना होगा तो so, पहले से फाइल सेव्ड है बिकॉज हमने सेव्ड फाइल को ओपन किया हुआ है तो सेव्ड फाइल को दोबारा यदि हम सेव करना चाहते हैं किसी अदर नेम अदर लोकेशन में तो हमें सेबहस करना होता है जब हम सेब करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है जहाँ से हम फाइल की लोकेशन दे करके फिर उसको हम सेव कर सकते हैं जैसे हमें डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो डॉक्यूमेंट पर हम डबल क्लिक करके फाइल को सेव करना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ फाइल को कोई भी नेम दे करके सेव कर सकते हैं जैसे हमने केसीआई नेम आई नेम दे करके, फाइल को यहाँ पर सेव किया डॉक्यूमेंट में तो, देखिए यहां पर लिखा है रिप्लेस फाइल केसीआई नेम से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फोल्डर में फाइल अवेलेबल है कोई भी तो ये कह रहा है कि आप फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस कर देते हैं फाइल को यहाँ पर ओके करके फाइल के नेम से आ गई आप देख पा रहे हैं जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां के लिख करके आने लगा तो इसी तरीके से अगला ऑप्शन है प्रिंट जहां से हम कोई भी बना हुआ डॉक्यूमेंट अपनी कोई भी फाइल को हम यहां से प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट पर क्लिक करते ही प्रिंट का डायलॉग आ गया जिसमें प्रिंट से रिलेटेड सेटअप भी आ गया और आपका यहाँ प्रीव्यू भी शो कर रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे तो मेटर प्रिंट हो जाएगा यहाँ से हमको कितनी कॉपियाँ लेनी है वो हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं सेटिंग में हमें आल पेज लेना अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो हम आल पेज करके भी ले सकते हैं वन साइड लेना है तो उसको हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं पोयट्रेट लैंडस्केप ओरिएियंटेशन जैसा कि अभी आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में दिख रहा है हम यहाँ से औरिएंएटेशन चेंज करेंगे अगर इसको हम पोयट्रेट कर देंगे तो आपका पोर्ट्रेट फॉर्मेट में शो करने लगेगा यहाँ से हम पेज को जाकर के सेटअप करते हैं कौन से टाइ साइज़ का पेज हमें चाहिए पेज साइज़ हमने दे दिया मार्जिन वगैरह में हमें देना है तो हम नॉर्मल दे सकते हैं नर दे सकते हैं अलग अलग टाइप का हम मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं नीचे आ जाते हैं यहाँ पर आपका टू पे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हम पर पेज हम कितने पेज सीट पर निकाल सकते हैं एक सीट पर कितने पेज डाल सकते हैं तो यहाँ पर आपका शो कर रहा है जिस तरह से हम पेज सीट पर लाना चाहते हैं एक ही सीट पर हम कई सारे पेजेस ले आएंगे तो छोटे ही साइज़ में आ जाएगा वो है ना तो इस तरह से हम जा करके के यहाँ से पेज सीट सेटअप कर सकते हैं मींस कहने का मतलब है कि प्रिंट से रिलेटेड कंप्लीट सेटअप हम यहाँ पर कर सकते हैं जिसे हम पेज सेटअप कहते हैं वो पेज सेटअप पर क्लिक करते ही डायलॉग आ जाता है जो सेटअप हमने यहाँ से किया हुआ है वही सेटअप हम यहाँ से अलग अलग तरीके से जा कर कर सकते हैं हम यहाँ से कैंसिल करते हैं यदि हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट आइकन पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये मैटर प्रिंट होकर के आ जाएगा हम अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं शेयर यदि हमें अपनी इस फाइल को कहीं भी शेयर करना है जैसे हमें मेल करना है या हमें ऑनलाइन या ब्लॉग वगैरह हमें देना है तो हम यहाँ से या क्लाउड पर सेव करना है तो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल को ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन ये ऑप्शन नहीं अप्लाई होंगे या वर्कआप कंप्लीटली कर नहीं पाएंगे शेयर करना मतलब अलग जगह पर आपको भेजना एक से दूसरे के पास कम्युनिकेट करना होता है शेयर ऑप्शन के माध्यम से अपनी फाइल को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं यदि हम अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सेव करना चाहते हैं या एक्सपीएस फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं या कोई भी फाइल फॉर्मेट चेंज करके हम सेव करना चाहते हैं फिर हम क्लिक करते हैं यदि हमें पी में जनरेट करना है पी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग आ जाएगा जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेब ए स्टाइप पी शो कर रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट का कोई भी नेम दे करके हम यहाँ पर लिख देते हैं पीडीएफ या कुछ भी केसीआई पीडीएफ, आई चूंकि हमें नाम चेंज करना है सेम नेम से हम सेव करेंगे तो फिर ये रिप्लेस करने के लिए मांगेगा तो यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट में पी फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल सुरक्षित हो जाएगी और जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं किसी के पास भेज सकते हैं और आप देख पा रहे हैं यदि आप ऑनलाइन हैं तो ये फाइल आपकी ऑनलाइन शो करेगी क्योंकि अभी हम ऑनलाइन है नहीं तो हमारे पास जो ब्राउज़र है उस ब्राउजर में जा करके पीडीएफ फाइल ओपन हो करके आ गई मीन्स यदि आपको नेट पर फाइलों को भेजना है या नेट पर उसको शो करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं क्लोज यदि हम क्लोज करते हैं जो मेरा एक्टिव विंडो होता है वो यहाँ से क्लोज हो जाता है देखिए लिख करके आ गया वन टू सेव यू चेंज टू के यदि आप इस के नाम की फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करें नहीं अगर इसको आप क्लोज करना चाहिए क्योंकि क्लोज का कमांड हमने प्रेषित कर दिया है तो यहां पर हम डोंट सेव कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी यानी का मतलब जो आपका एक्टिव विंडो था जो जिस पर आप वर्क कर रहे थे वो फाइल क्लोज हो गई नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट यदि आपको अकाउंट चेंज करना है या आपने ऑफिस का थीम आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं चूंकि हम ऑफलाइन है तो हम यहाँ पर साइन इन नहीं कर सकते हैं तो यदि आपको साइन इन करना है तो आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट की वगैरह लेकर के आप साइन इन करके यहाँ से वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड कंप्लीट सेटिंग प्रोवाइड हो जाएगी और यहाँ से यदि कोई भी कार्य आपके एम वर्ड में नहीं हो पा रहा है कहीं भी कोई फीचर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से आ के सेटिंग कर सकते हैं जो सेटिंग डिस्टर्ब है उसको सही कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से सो so, हम यहाँ से ओके okay करके बैक आ जाते हैं तो आपने फाइल के सारे ऑप्शंस को देखा उसको मैंने बताने का प्रयास किया आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद